हजमल हजमल हजमल अरे जॉन हल्का सा बोल एक बार गलत हो गया देख लो ये ये ये देखो ये तगड़ा खेलता है ये फोटो सुन लो और भाईakra ke himse ke bande ko dekh sakte ho man ye hi gana ho gaya unko divert kar raha hai divert ko mere ko dikha de mere ko dikha de mere ko dikha de पांच मिनट बाद पांच राउंड पांच मिनट बाद चलो आगे एकदम बिहार तो एक गुटों तो तो तीनों इनلوماتिक तो इनमुर कर रहा हूं हेल्थ मालिक है तूने लपेट लो ना तूने लपेट लो डियंसल लपेट लो बस मैं चलने आया तो डियंसल अच्छा नहीं लगता है ये वो सबसे क्यों किया है वो क्या रही है तो ये देखो मुझे नहीं मालूम है ये तो ये ये करिए अगर क्या बुआ करने की जगह से नहीं हो पाएगा और की कुछ नहीं 44 आजमल हदमा हदमा अरे जोन हल्का सा डोंट डोंट टच एरिया नीड इक्विपमेंट गाइस यस दिस इज एवरीथिंग डोंट इक्विपमेंट ड्रॉप्स अवेलेबल ड्रॉप्स अवेलेबल Mas jangan cuma boleh jangan saya butuh deh. Said, I'll make you have some regrets, and know I'll never forget. So now you rather think that this shit needs to be paid with blood, or some sort of pain? You got the heart of the same, but just a different yeah. refrain. Yeah. I've never seen so clear. I feel yeah. the end is near. The day of reckoning is near. The sound of death and fear. Oh. Rebel so tell you better be careful i got an angel and devil he sent for stray the temple i'm ready to be a rebel i've got a lot of professional head and gang what's my gravity है नीचे का करना चलो इंद्र ऊपर जो क्या गुट लगा क्यों लगता है बढ़ा आ अ momenti tenemos slime ahora vamos llamare al camarero del horma de la lleva y vuelvo a pedir para que me traigan un poquito de agua sana dulce y okay te veo बस कितनी बार पर देखो वीडियो लाइक कर यार सुनो कहना लग रहा है वीडियो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 one morning i it, got to make to myself a promise the so one ये मर मारते इसी को मार मारते गोली को गोली को गोली वगैरह नहीं मार रहा है क्रिप्टो किल यस खत्म